गुड मॉर्निंग एवरी तो सुबह के साढ़े चार हो रहे हैं और हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन अपनी फैमिली के साथ तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल देखो अभी रात हो रही है बिल्कुल देखो आसमान में बिल्कुल अभी बिल्कुल अंधेरा है तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और मैं आपको आज वृंदावन की सैर कराऊंगा। मारी माशा लग रही है माशा द बी वाली यह बियर तो फ्रेंड्स देखो कितना प्यारा मून लग रहा है पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कैमरे में वो देखिए तो ये हम जा रहे हैं जनकपुरी से मेट्रो लेके नई डिल्ली रेलिफेन रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो hey हैं हमने दिल्ली अब यहाँ से हम ट्रेन लेके मथुरा वृंदावन के लिए mm -hmm. तो गाइज़ कैसा लगा आपको तो मेरा वीडियो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो गाइस, पी सपोर्टिंग और वॉच माई ऑल वीडियोस। देखो हम अपने ट्रेन के बाद खड़े mm -hmm. हैं और हमारा डब्बा है और ताज एक्सप्रेस हमारी रेलगाड़ी है जिसमें हम बैठ के मथुरा जाएंगे जा रहे है। की नहीं। ये भाड़ी भाड़ी भाड़ी। भी भी है ना पांच भी बड़े भी हों सूरज सूरज भैया भैया सूरज भैया क्या हो गया किसने मारा बाबू को तो ये देखो गाय मस्ती कर रहा है सबके साथ सबको पोएम सुना रहा है ट्रेन के अंदर सुनाइए पोएम सुनाइए हो क्या हम ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन से हम दिल्ली टू भरा जा रहे हैं और हम आगरा भगरा बहुत बने अभी काफ़ी तो होगा टाइम और आठ पचास और हम दिल्ली से प्रॉपर टाइम पे यहाँ मदुरा पहुँच गए हैं स्टेशन पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है तो अब चलते हैं और कोई गाड़ी करते हैं मथुरा के लिए फिर वहाँ से हिमाचल में आपको अपने आगे वीडियो में अपनी अपने ब्लॉग में वीडियोज काम तो के कामों से बनने के मेरे चैनल पर से बाहर आ गए तो ये देखो फ्रेंड अब हम वृंदावन की गलियों में आ गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही अच्छा दृश्य है और काफी बढ़िया मौसम आप देखोगे हो रहा है तो सब हम बहुत मस्ती करते हुए जा रहे हैं अभी भी हमें आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा मंदिर के लिए आ, होटल लेने आए हैं इस होटल का नाम है शरीर हरमिला प्रेम लिखित बट यहां पे एक ईशू है यहां पे सिर्फ उनको एंट्री मिलती है जिन्होंने बुकिंग करवाई होगी अगर कोई बिना बुकिंग के यहां पे यहां पे आता तो वो कमरे कमरे साफ इनकार करते हैं तो देखो आप ये लोकेशन है यहाँ पर वृंदावन में ये आश्रम है तो आप सब देख लीजिए इसको और कोई भी अगर यहाँ पे आता तो यहां यहां है, यहां है तो भी यहाँ प्लीज़ पहले यहाँ बुकिंग कराए और फिर ही यहाँ पर आए देखो सब यहाँ वेटिंग कर रहे हैं दूसरे होटल रूम के लिए तो ये देखो मेरा बेटा दे सरकारी नौकरी लगे है बेटी ओ बोलो राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे यहाँ नहीं नहीं। पे भी लगा देंगे कंठ है पे लगा देंगे ऊपर करो नहीं लगानू यहाँ लगा दू राधे राधे यहाँ लगे गाड़ी पे अरे इधर देखो गाइस ये सीप कितना अच्छा लग रहा है राधे राधे जी का टीका लगवाया है ने वैसे कभी लगवाता नहीं है पर इसमें स्पेशल आज दोनों सिक्स पे और फोर पे राधे राधे बनवाया है राधे राधे तो गाइस कैसी लग रही है आपको वीडियो राधे राधे के नाम पे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous oh guys finally apne ko yahan room mil chuka hai bahut mushkil se yaar yahan pe room mil raha hai oyo mein kay oyo mein jiski booking hoti hai unko room dete hain aur jitne bhi hotels hain unke log rahay main aapko kya bataun bahut high hai और एक रूम में से दो लोग अलाउ करने को बोलते हैं अब जो यार फैमिली से बंदा आता है अब वो दो रूम से कैसे एडजस्ट करेगा उसको तो फाइनली अपने को जो रूम मिला है किसी के घर धर में धर्मशाला है और बहुत ही बड़ा हॉल है अब मेरे को अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा खुला वातावरण है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का रूम कैसा है तो प्लीज़ माइंड मत करना रूम बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है यहाँ वृंदावन में और इसके बाद में आपको निधिमंड कुछ नज़ारे दिखाऊंगा कुछ सीनरियाँ दिखाऊंगा जो कि हम वहां पर जाकर शूट करेंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो बने रहिए मेरे वॉल वीडियो में दीप वाचिंग माय वीडियो जीन फॉर ब्लॉग्स ना इस दीप वृंदावन में आगे भी अपने स्वैक को नहीं भूलता तो जैसा कि मैंने बताया था देखो हमने ये वाला रूम देखो लिया है बहुत बड़ा रूम है और बहुत मतलब खुला स्पेस का रूम है यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली मैं आपको बताऊं तो ओयो में भी हम गए थे बट ओयो में भी यार बुकिंग चल रही है इतना याफ्ता मैं क्या बताऊँ आपको तो।, तो ये अपने वृंदावन का हमने रूम लिया है आज रात को स्टे करेंगे और कल एक बजे तक हम यहाँ पर रहेंगे उसके बाद फिर मंदिर जाएँगे तो बने रही है वीडियो के साथ मैं आपको मंदिर का व्यू जरूर दिखाऊँगा अपनी वीडियो में और प्लेज वृंदावन वाले जो वृंदावन को प्यार करते हैं वो वीडियो को भी प्यार करना लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ये अपनी छठानी बैठी के सामने वो रही इसको भूख लग रही है क्या है जो आप लेकर आए हो ये नेपाल की शेलपूरी है शेलपूरी बहुत ही मतलब फेमस और हमारा सबसे अच्छा है अच्छा तो ये किसका बंदा भैया ये चावल के आटे चावल के आटे की सेम पूरी ना आ, सेल पूरी मीठे पूरे जैसे बनते हैं जिसमें केला मिला को ड्राई करके जूस बना के खा जाता ठीक तो गाय जिस जिसमें ये सेम पूरी खाई है मेरे नेपाली भाइयों के लिए प्लीज कमेंट करके बताना छोटी सी बच्ची कितनी चाई लग रही है सिद्धि सिद्धू <laughs> तरीके से आई <हुँ> okay. <laughs> ये कुछ ऐसा अपने हेड़ दिखाओ अपने दिखाओ यार घूम के दिखाओ ये देखो तो अभी दोपहर का लंच करने जा रहे हैं हम और उसके बाद हम जा रहे, है रहे हैं नीतिगढ़ अपने होटल से बाहर आ गए हैं। तो ये अपन लोग आए हैं भारतीय फूड रेस्टोरेंट में जो कि वृंदावन में है कहते हैं किसका खाना बहुत बढ़िया होता है तो चलिए आपको दिखाते हैं काफ़ी सही होगा देखेंगे तो chaloo